तो ग्रुप में आगे हम बात करेंगे नंबर ग्रुप की जैसे मुझे ही पता करना है जैसे मैं क्वांटिटी को यहाँ रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं इतना क्वान्टिटी आगे मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस रेंज की क्वांटिटी की कितनी एवरेज एमआरपी है तो एमआरपी को हमने यहाँ डाल दिया और हमने सम की जगह पर वैल्यूफिल सेटिंग में गए और यहाँ पर एवरेज कर दिया ये हमारा एवरेज तो मुझे पता चल गया कि मुझे दस दस क्वांटिटी वाले जो है चौवालीस रुपए के हिसाब से बिके हैं ग्यारह वाले तेरह तो रुपए के हिसाब से बिके हैं तो ये, तो से ये तो पूरा सीक्वेंस पूरा आ रहा है ना सर मुझे एक स्लैब चाहिए एक रेंज चाहिए कि दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस इस तरह का एक रेंज चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे राइट क्लिक ग्रुप ग्रुप में जाएंगे और ये देखिए दिख रहा है सर दस से नब्बे 10 से 90 और यहां पे आ गया तो 10 जो है हमारा ऑटोमेटिक मिनिमम था और 90 हमारा मैक्सिमम था अब इसको तो हम चेंज कर सकते हैं 0 से 100 कर सकते हैं ओके okay. आ गया सर 10 से उन्नीस 20 से उनतीस 30 से 40 40 से उनचालीस दिख रहा है क्लियर है तो इस तरह की चीजें यहां पे आप कर सकते हैं। ओके जी और ये नंबर ग्रुपिंग कहलाता है